रजीत कोईली बुरुआ डीजे विकास सेगर कारण होने सजमाए कोई कोई कोई कोई कहे आईटम, कोई कहे मार। कोई कहे आईटम, कोई कहे आइटम आइटम जवानी साल में छोड़ा सा जी तो लोग लक्तिगर पत्र पुठा पतो